मनुष्य जंगलों को कंक्रीट में बदल रहा है तो वहीं जंगल के जानवर अब शहरों में घुसते जा रहे हैं भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट परिसर में बाघ के घुसने की खबर है जिसको लेकर अब वर्ण अमला एक्टिव हो गया है वहीं इस घटना के बाद मैनिट के नाम में छात्रों की क्लासेस बंद करने का एक फर्जी आदेश भी सोशल मीडिया की सुर्खी बना हुआ है भोपाल में अक्सर बाघों को शहर के अंदर देखा गया है अब एक बार फिर बाघ खाने की तलाश में भोपाल के मौलाना इंस्टीट्यूट परिसर में देखा गया जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन ने क्लासेस रद्द कर दी हैं। ऐसा एक आदेश सोशल मीडिया पर चल रहा है मैनिट प्रबंधन ने इस आदेश को फर्जी बताया है खबर है कलियासोत डैम से लगे मैनिट के इलाके में बाघ ने एक गाय का भी शिकार किया है मौके पर बाघ को लेकर वन अमला पड़ताल कर रहा है पिछले एक सप्ताह से बाघ कलियासोत इलाके में विचरण कर रहा है ऐसे में सवाल ये की बाघ शहरों की तरफ आखिर क्यों बढ़ रहा है ये पहली बार नहीं है कि बाग शहर में घुसा हो क्या इसकी वजह ये नहीं है कि शहर का विस्तार इस कदर हुआ है कि जंगलों को विकास के नाम पर तबाह कर दिया गया है बिल्डरों ने जहां तहां जंगलों में बिल्डिंग तान दी है यही वजह रही है कि अब जंगल के जानवर शहर की तरफ आते जा रहे हैं अब इसको लेकर शासन और प्रशासन को सोचने की जरूरत है विकास के नाम पर इको को नहीं खराब किया जा सकता इसके साथ ही कंक्रीट के जंगल बनाने वाले व्यापारियों पर भी रोक लगाई जानी चाहिए मैनिट परिसर में बाघ के होने की सूचना के बाद मैनिट में कुछ शरारती छात्रों ने अवकाश पाने के लिए बाघ के दिखाई देने की सूचना को आधार बनाकर कक्षाएं निलंबित होने संबंधी आदेश जारी कर दिया इसकी वजह से संस्थान के अन्य छात्र पसोपेश में पड़ गए हैं अब प्रबंधन फर्जी आदेश जारी करने वाले शरारती छात्रों को खोज रहा है मेनिट के जनसंपर्क अधिकारी अमित ओझा ने बताया की मैनिट प्रबंधन ने कक्षाएं निलंबित करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किया है यह किसी शरारती छात्र द्वारा किया जाना प्रतीत होता है इसकी जांच कराई जा रही है वर्ल्ड प्रोवाइडिंग बेस्ट रिजल्ट एंड डिलीवरिंग द बेस्ट मैन टू द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन ग्रुप चूज द बेस्ट टू बी दस्ट फॉर मिशन सेवन डबल